गुजरात के वन विभाग द्वारा चंदन तस्करी के आरोपी को कटनी से गिरफ्तार करने के बाद तस्कर गिरोह की पारधी समुदाय से जुड़े होने की बात सामने आई है पकड़े गए आरोपियों के फोन कॉल सीडीआर लोकेशन के आधार पर चंदन तस्करी के मास्टरमाइंड आरोपी जोगिंदर पारधी को बड़वारा से धर दबोचा गया है कटनी के चंदन तस्करों के फोन कॉल सी लोकेशन के आधार पर तस्करों का पता चला था जिसके बाद तस्करों को धर दबोचने की योजना बनाई गयी थी और टॉवर लोकेशन के आधार आरोप आरोपियों को विलायत कला से गिरफ्तार किया गया गुजरात वन विभाग की टीम ने तस्कर जोगिंदर की शिनाख्त कराई आरोपी सही पाए जाने पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया आपको बता दें कि ये आरोपी गुजरात नेशनल पार्क में चंदन की तस्करी करते हैं जहां पर बब्बर शेर भी पाए जाते हैं के अफसरों ने बताया कि के जंगल में चंदन की तस्करी करने वाले गिरो में पच्चीस ऐसी तीस लोगों का ग्रुप है और जोगिंदर उन सबका मास्टर है गिर नेशनल पार्क की डीएफओ साहब का हमें फोन आया था मोहन सर उनका फोन आया था की उन्होंने करीबन दस से पंद्रह लोगों को पकड़ा है जो कटनी से ही बिलोंग करते हैं और उन्होंने कई सारे चंदन के पेड़ों को काटा है पहले भी वो गिर नेशनल पार्क में कई सारी इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे थे उन्होंने बताया कि उन सब की अरेस्ट से जस्ट पहले एक बंदे से कंटिन्यूसली बात हो रही थी उसका उन्होंने हमें फ़ोन नंबर भेजा था और उन्होंने अपनी टीम को गुजरात से रवाना भी कर दिया था जिसमें वहाँ के एस साहब फॉरेस्ट रेंजर वो लोग आए हुए थे कटनी एस साहब को बताया कि सर ऐसे एक अपराधी है